नमस्कार स्वागत अभिनंदन महाराशिफल के इस कार्यक्रम में जी हाँ वार्षिक राशिफल 2020 में आज हमारी चर्चा का विषय है कि मीन राशि के जातकों का वर्षफल 2020 कैसा बीतेगा इस वर्ष को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या ऐसे शुभ उपाय करें कि शुभता में वृद्धि हो दर्शकों आगे बढ़ें आप सभी से बताना चाहेंगे आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बगल में बना बेलाइकन आप लोग जरूर दबाइए ताकि ज्योतिष से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और समय से आप तक पहुँचती रहे तो चलिए दर्शकों मीन राशि पर हम जो है प्रकाश डालते हैं कि कैसा रहेगा तो बेसिकली दर्शकों आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहेंगे कि देखिए राशिफल 2020 के अनुसार नववर्ष आपके लिए क्या लेने ले कर के कुछ नया आया है क्या इस साल आपका बिजनेस ग्रोथ होगा मीन राशि के जात आप लोग सोच रहे होंगे या आपका प्यार जो साथी आपसे बिछड़ गया है या ब्रेकअप हुआ है रिश्तों में तो आप लोगों के मन में उत्सुकता होगी कि क्या साल 2020 में वापस हम लोग जो है मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे नए साल में आप लोग कब करें एक नई शुरुआत किस्मत कब देगी आपका साथ क्या इस साल आपको कोई नौकरी वगैरह मिलेगी तो इन सभी बिंदुओं को प्रकाश में डाल, डालते हुए टोटल आठ पॉइंट्स पर जी हाँ आठ पॉइंट्स पर ये राशिफल हमने तैयार किया और ये आठ पॉइंट कौन कौन से हैं तो पहला है आर्थिक पक्ष फिर है स्वास्थ्य उसके बाद कार्यक्षेत्र शिक्षा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा प्रेम संबंध कैसा रहेगा और प्रोग्राम के अंत में हम उपाय बताते हुए अपने जो है वीडियो को का समापन करेंगे तो देखिए दर्शकों जैसे जैसे नया साल नज़दीक आता है तो हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है बीते साल में आप लोगों से मीन राशि के जातकों से जो काम अधूरे रह गए हैं आप लोग सोचते होंगे कि काश वो पूर्ण हो जाए जो रिश्ते बिगड़े हैं आप लोग सोचते होंगे कहाँ से पटरी पर लौट आएँ जो बिछड़ गए हैं मिलने की उम्मीद कैरियर में नए मुकाम की उम्मीद तो ओवरऑल अभी हम आपको बता रहे हैं इसके बाद इन आठ बिंदुओं पर हम आपके प्रकाश डालेंगे तो मीन राशि वाले मीन राशि वाले जातकों का साल 2020 काफ़ी शुभ रहने वाला है इस साल आपको अनेकों अनेक अच्छी सौगातें मिलेंगी कैरियर में आगे बढ़ने के साथ ही आपकी पारिवारिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत और अच्छी रहेगी इस वर्ष आपकी राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति तीस मार्च तक आपके दसम भाव में उपस्थित रहेगा इसके बाद ये आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में मकर राशि में गोचर करेगा देखिए दर्शकों जो एकादश स्थान होता है ये इनकम का होता है तो इनकम के नए नए रास्ते खोलेगा यह स्थिति आपके संतान के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी इस वर्ष आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं खासकर के मई और जून में जीवन साथी के साथ मिल करके किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की संभावना भी है शनिदेव वर्ष की शुरुआत में आपके एकादश एकादश भाव में अपनी राशि में आ जाएंगे जिसके बाद आपके जो सारे बिगड़ते काम हैं वो बनने लगेंगे अपने घर में जब शनि आ जाएगा तो आपको वो सब कुछ देगा जिसकी 2019 में आपको कमी लगी छोटे मोटे विवादों को छोड़कर हर दृष्टि से ये साल आपके लिए अनुकूल है तो दर्शकों आइए जानते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इस वर्ष आप कैसा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे करियर पर हम डाल लेते हैं करियर आपका कैसा रहेगा तो दो राशिफल 2020 में मीन राशि वालों का करियर जो रहेगा यह बुलंदी के शिखर पर रहेगा साल की शुरुआत से ही आपको अपने काम में प्रगति देखने को मिलेगी ऑफिस में हर तरफ आपके काम की तारीफ होगी आपकी कंपनी का हेड आपके काम से खुश होकर के आपका प्रमोशन कर सकता है जी हाँ बॉस के नज़र में आप आज जो है उनके आंखों के तारे बन करके रहेंगे वही व्यवसाय वह के क्षेत्र से जुड़े लोगों के को साल की शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कार्य में कुछ घाटा होने के साथ ही उधारी भी बढ़ सकती है लेकिन अप्रैल के बाद स्थिति काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी और जो शेयर मार्केट भी रहेगा वो आपके काम की मांग को बढ़ाएगा जिस भी फील्ड में आप होंगे आपकी डिमांड बढ़ेगी और आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी आप में से कुछ लोगों को इस वर्ष पदोन्नति मिल सकती है अप्रैल माह के आसपास किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर ऑफिस के सीनियर लोगों के साथ आप बाहर जा सकते हैं विदेश यात्राओं का भी योग बना रहे हैं योग बन रहा है वहीं कोई नई नौकरी गवर्नमेंट जॉब भी मीन राशि के जातकों को मिलती हुई दिखाई दे रही है शेयर बाजार तथा सट्टा व्यापार में निवेश करने वालों को भी अनुकूल परिणाम मिलेंगे कुल मिलाकर के यदि देखा जाए आपके कार्य क्षेत्र में और करियर राशिफल के लिए मीन राशि के जातकों के लिए ये वर्ष काफी कुछ वरदान साबित कर सकता है अब चलते हैं आर्थिक पक्ष की ओर अर्थ जी हाँ धन दौलत रुपया पैसा कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों को तो आर्थिक रूप से मीन राशि के जातक 2020 काफ़ी अच्छा रहेगा नौकरी के नए अवसर मिलने से सरकारी नौकरी मिलने से आपके घर की स्थिति में काफ़ी कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है वर्षों से जो धन रुका हुआ था वो इस साल आपको वापस मिलेगा साल की शुरुआत में ही 24 जनवरी को शनिदेव आपके ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे एकादश स्थान जो होता है आपके इनकम का होता है तो आपके इनकम पर प्रभाव डालेंगे आपकी जो है जेब भरेंगे और एक चीज़ बता दें आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी आय के स्रोतों को बढ़ाने में इस वर्ष आप निरंतर प्रयास करेंगे जिसके चलते आपको सफलता भी हाथ लगेगी आपकी सोर्स ऑफ इनकम इस वर्ष एक से अधिक रहेगी इसके अतिरिक्त विदेशी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को काफ़ी मोटा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा मई से लेकर के जुलाई तक के समय का जो पीरियड रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए कोई बड़ी कंपनियों से आपके जॉब के ऑफर आ सकते हैं आपको एक से अधिक माध्यमों से धन लाभ होने की संभावनाएं यहाँ पर हमने आपको बताया बन रही सितंबर महीने में प्रॉपर्टी को जो है प्रॉपर्टी में निवेश को लेकर के आपका खासा रुझान रहेगा घर या ऑफिस को इस वर्ष आप अपने रेंट पर भी दे, देंगे जिससे आपको धन लाभ होगा कोई रेंटल प्रॉपर्टी के माध्यम से भी आपके पास पैसा आएगा साल के आखिरी महीनों में आपको अपने परिवार में मांगलिक कार्यों पर धन खर्च करना पड़ सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ डामाडोल हो सकती है इसलिए शुरू से ही हम आपको सलाह देंगे कि अपने जेब और अपने हाथ को थोड़ा सा टाइट करके रखिए पैसा बचा करके रखिए फालतू के चीजों में खर्च मत करिए शिक्षा एजुकेशन क्योंकि तो बिना एजुकेशन कुछ नहीं मिलता तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें मीन राशि के जो है छात्रों को इस साल की शुरुआत में कई शुभ समाचार मिलने के सहयोग हैं शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ने के साथ आप कई नए कोर्स ट्राई करेंगे लंबे समय से आप विदेश जा कर के शिक्षा प्राप्त करने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो इस वर्ष आपका यह सपना पूरा हो सकता है इस दौरान आपका काफ़ी पैसा भी खर्च होगा दसवीं से लेकर के जो बारहवीं तक के छात्र हैं इनके रिजल्ट अच्छे रहेंगे लेकिन कुछ ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आ सकती है जिस कारण आगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इसमें दाखिले में दिक्कत हो या आप जो सोचते हो कि रैंकिंग मिले वो रैंकिंग आपको ना मिले सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों को साल के मध्य में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन साल का अंत सब सही हो जाएगा मार्च और उसके बाद का समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा और इस दौरान आपको आशा अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होगी जो छात्र कानून से रिलेटेड मीडिया से रिलेटेड लॉ से रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड साइंस से रिलेटेड ज्योतिष से रिलेटेड आध्यात्मिक विषयों से रिलेटेड ये शिक्षा ले, ले, लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये वर्ष काफी उन्नति दायक रहेगा चलते हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा परिवार ही कुटुंब ही सब कुछ सर्वे सर्वा सभी के लिए होता है तो पारिवारिक राशिफल 2020 मीन राशि के जातकों के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा साल के शुरुआत में जीवन साथी के साथ आपकी कुछ अनबन हो सकती है और आपके परिवार में कुछ विवाद हो सकता है हालांकि साल के शुरुआत में जो ससुराल पक्ष रहेगा उसमें आपका अहदा बढ़ेगा लेकिन मायके में बड़े भाई बहनों के साथ कुछ आपका विवाद हो सकता है इस वर्ष आपको कोई नया घर या प्रॉपर्टी खरीदेंगे जिसके चलते परिवार में कुछ लोग अंदर ही अंदर आपसे ईर्ष्या का भाव रखेंगे और चिढ़ेंगे और आपके खिलाफ माहौल तैयार करेंगे बातें बनाएंगी ऐसी बातों को गंभीरता से लेने से बचने की बजाय यदि आप उनको इग्नोर करते हैं तो ठीक रहेगा पैतृक संपत्ति इस वर्ष आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है ऑफिस के काम में भी आप अधिक व्यस्त रहेंगे जिस कारण आप घर परिवार में समय कम दे पाएंगे आपकी यात्राएँ बहुत ज़्यादा होंगी विदेश यात्राएं भी हैं जिसके कारण भरी जो है परिवार में समय कम दे पाएंगे और कहीं ना कहीं रिश्तों में कुछ थोड़ा बहुत दरार इसमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सितंबर के मध्य के बाद राहु का गोचर चूंकि तीसरे स्थान से होगा तो पारिवारिक खुशियां आपकी लौट आएंगी देखिए तीसरा स्थान जो होता है पराक्रम का होता है और वो पराक्रम फिर आप हर क्षेत्र में दिखाते हुए पड़ेंगे इस वक्त आपके घर की शांति के लिए किसी मांगलिक कार्य को संपन्न आप कराएंगे कोई पूजा पाठ इत्यादि भी आप जो है करा सकते हैं साल के अंत में आप घर के बड़ों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्राएँ कर सकते हैं परिवार के सदस्यों में अधिकांश लोग एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई देंगे इसलिए बेहतर रहेगा कि आप लोग सतर्क रहिए तो दर्शकों देखिए अब चलते हैं प्रेम संबंध के ऊपर कि प्रेम संबंध कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों का तो प्रेम राशिफल 2020 के अनुसार मीन राशि के जातकों इस वर्ष आपको कोई जो है कई अजीबोगरीब परिणाम मिलेंगे इस वर्ष आप अपने पार्टनर को लेकर के कुछ ऐसे अनुभवों का सामना कर, जो है करेंगे जो आपने आज तक नहीं किया है पार्टनर के साथ किसी विदेश यात्रा पर आप जा सकते हैं और वहाँ आपके बीच कुछ गलत पनप सकती हैं ज़रूरी नहीं आप लोग जब घूमने जाएँ तभी नजदीकियां हैं कुछ दूरियां भी बढ़ सकती हैं शादीशुदा लोगों के लिए रिश्तों में थोड़ी सी चुनौती आ सकती है परिवार का कलह आपके रिश्ते के बीच में आ सकता है जिसके चलते आपका रिश्ता कई गलतफहमियों या अफवाहों का शिकार हो सकता है जो लोग निसंतान हैं उन्हें इस दौरान संतान की भी प्राप्ति हो सकती है और यह संतान आपके रिश्तों में खुशियाँ लाने के साथ या आपके परिवार के माहौल को भी सकारात्मकता बढ़ाएगी सितंबर का महीना जीवन साथी के साथ आपको प्रेम को बढ़ाने वाला सिद्ध पत्नी और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आप काफी कुछ निवेश भी करेंगे ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रहेंगे वैवाहिक जीवन में भी आपके संबंध काफी मधुर रहेंगे इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के साथ लेकर के कहीं जो है धार्मिक यात्राओं पर जून माह में और मई माह में जा सकते हैं कुल मिलाकर के ओवरऑल स्थिति ठीक रहेगी अंत में जो उपाय बताएंगे वो आप लोग जरूर करिएगा स्वास्थ्य संबंध पर आते हैं कि कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ तो स्वास्थ्य राशिफल 2020 के अनुसार मीन राशि वाले जातकों साल की शुरुआत में ही सतर्क हो जाइए क्योंकि इस साल आपके स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव रहने की संभावना है ऑफिस के तनाव के चलते आप मानसिक रोग के शिकार हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं पेट के रोगी के लिए साल का मध्य सही नहीं रहेगा और इस दौरान यदि आपने अपने खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दिया तो आपको पेट का अल्सर आपने एक रोग सुना होगा ये हो सकता है तो तीखी चीज़ों से जंक फूड से दूर रहिए लाल मिर्च से दूर रहिए यदि आप पहले से ही किसी बीमारी से जो है जूझ रहे हैं तो बैलेंस डाइट करिए और नियमित योग और प्राणायाम करिए यदि किसी यात्रा पर भी जा रहे हैं तो स्वास्थ्य की अनदेखी मत करिए और आप लोगों को जो है योग प्राणायाम खास करके सूर्य का प्रकाश इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी एल्कोहल के सेवन से आप लोग बचिएगा मांस मदरा के सेवन से आप लोग बचिएगा दर्शकों आप चलते हैं उपाय की ओर देखिए उपाय सबसे बड़ी चीज़ होती है और यदि आप उपाय कर ले गए वर्ष फल का तो यकीन मानिए कि परेशानियां तो आएंगी लेकिन वो परेशानियां कब समाप्त हो जाएगी आप नहीं जानते उपाय पर चलते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाइए और नित्य उसमें जल और एक घी का दीपक जरूर चलाइए आपको बृहस्पतवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी पड़ेगी और जल में हल्दी डालकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंदिर से अर्पण करिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर बृहस्पतिवार को आपको करना ही करना है बृहस्पतिवार के ही दिन ब्राह्मणों को भोजन कराइए यज्ञोपवित अर्थात जनेों दीजिए और कुछ दक्षिणा जरूर दीजिए गाय को नियमित रोटी खिलाइए कोशिश कीजिएगा कि मंगल के दिन मदुरापान और मांसाहार से आपको परहेज करना रहेगा और बृहस्पति के दिन एकादशी मंगल बृहस्पति ये तीन दिन आपको जो है परहेज करना रहेगा वर्ष में दो बार रुद्राभिषेक आपको अनार के रस से करवाना रहेगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्योंकि इस वर्ष आपका पैसा बहुत अधिक खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है दांपत्य जीवन में मधुरता आए इसके लिए आपको करना रहेगा पूर्णिमा का व्रत कोशिश कीजिएगा पूर्णिमा के व्रत के दिन आप किसी प्रकार का नमक मत लीजिए आपके ब्लड में खून में नमक नहीं खुलना चाहिए उस दिन हमारे जो तमाम दर्शक हैं जो हमसे बात करते हैं उनको हम वृत की विधि भी बताते हैं तो दर्शकों देखिए आपके शहर में भी हम आते रहते हैं यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और आप लोग अपने शहर में भी हमसे मिल सकते हैं और भी जो है राशियों का वार्षिक राशिफल हमने अपने इस चैनल पर डाला हुआ है तो यदि आपकी पार्टनर आपके परिवार में कोई जो है और राशियों के हैं तो उनको आप ये चीज़ दिखा सकते हैं ज्योतिष संबंधी सारी नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी बाधा के आए हमारे चैनल को आप लोग देखिए दर्शकों यहाँ सब्सक्राइब करिए बगल में बनी जो घंटी है बेल आइकन है इसको जरूर दबाइए उपाय जो दर्शकों हमने बताए हैं ये ओवरऑल जो है मीन राशि के लिए बताए हैं आपकी कुंडली क्या कहती है इसका विश्लेषण करवा करके आप लोग उपाय प्राप्त कर सकते हैं मेन होता है रत्नों का चयन रत्न जो चिकित्सा होती है ज्योतिष में बताई गई है रत्नशास्त्र ये काफ़ी वृहद है और शुभ रत्नों के चयन के द्वारा आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं इसमें तो कोई संशय भी नहीं है तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके शुभ रत्नों का चयन भी कर सकते हैं हमारा दैनिक राशिफल आप लोग देख सकते हैं ज्योतिष वास्तु से जुड़ी हुई हम तमाम वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं भागीरथ श्रृंखला डालते हैं सफलता की कहानी सफल लोगों की जुबानी सारी वीडियो आप लोग जा के देख सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और 2020 आपका कई महीनों में शुभ हो नौ वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को छोड़े जा रहे हैं नमस्कार